भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फोटो थी जवाब दी अशोक स्तंभ की किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं? जवाब सी आइसलैंड देश में कौन सा पक्षी केवल बरसात का पानी पीता है जवाब दी चातक पक्षी इस देश में एक भी सिनेमा घर नहीं है जवाब सी भूटान देश में रात को आसमान में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है जवाब बी मंगल ग्रह ऐसे ही और क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें